रों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए गैरों से गिला क्या करें अपने बदल गए गैरों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए रों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए गैरों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए आईना वही है आईना वही है चेहरे बदल गए गैरों से गिला क्या करें अपने बदल गए मेहंदी का रंग देख कर मेहंदी का रंग देख कर तो देखिए मेहंदी का रंग देख के करिश्मा तो देखिए मेहंदी का रंग देख के करिश्मा तो देखिए बहू के घर में आते ही बहू के घर में आते ही बेटे बदल गए बहू के घर में आते ही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 आईना वही है चेहरे बदल गए आईना वही है पैसे थे जब पास तो दोस्ती हजार थी पैसे थे जब पास तो दोस्ती हजार थे ऐसे थे बात तो दोस्ती हजार थे अजब हुआ गरीब तो अजब हुआ गरीब तो नाते बदल गए जब हुआ गरीब तो नाते बदल गए गहरों से गिला क्या करें थे? अपने बदल गए गैरों से गिला क्या करें मैं भी वही था मेरी मोहब्बत भी वही मैं भी वही था और मेरी मोहब्बत भी वही मैं भी वही था और मेरी मोहब्बत भी वही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 था चेहरे बदल गई